हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकालोजी यूट्यूब चैनल सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल पेज को लेके कि हम अपना इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेशनल पेज कैसे बना सकते हैं अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम पे एक अपना प्रोफेशनल पेज बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप इंस्टाग्राम पर अपना एक प्रोफेशनल पेज कैसे बनाएंगे जैसे कि आप वीडियो क्रिएटर हो ब्लॉगर हो और मतलब जो भी चीज़ हो फोटो मतलब फोटोग्राफर हो और आप इन मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको अगर एक पेज क्रिएट करना है तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा पूरा अच्छी तरीके से और आप भी अपने एक पेज अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाओगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब हम अपने फ़ोन पे आ गए हैं फोन पे आने के बाद हमको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में चले जाना है तो हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आ गए हैं इसके बाद हमको करना क्या है अपनी प्रोफाइल में चले जाना है प्रोफाइल में जाने के बाद अपनी जो ऊपर आपको थ्री डॉट दिख रहे होंगे इन पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा एक इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग करके अकाउंट जो अकाउंट लिख रहा है ना आपको इस पर अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है नीचे आपको आ जाना है नीचे आने के बाद आपको अपना जो स्विच टू बिजनेस अकाउंट लिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको कन्फर्म करने के लिए आएगा फिर आपको स्विच टू बिजनेस कर के पे कन्फर्म कर देना है तो गाइज आप अपना देखोगे कि आपका जो अकाउंट है वो एक पेज में ये देखो, तो तो तो अब आप यहां से देखोगे तो आपका जो है वो एक में में बदल चुका होगा। बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। में अगर आप इस पेज को दोबारा से मतलब अपने जो पुराना अकाउंट है उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे स्विच टू टिगेटर अकाउंट में आ जाएगा क्लिक करके आपको यहां से पहले एक बार आपको जो भी आपको पेज के अपने की वो के की वो आपको से से डन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे ब्लॉगर लिखा आ जाएगा <Selikni> and... तो देख रहे जाइज आपको यहाँ पे एक ब्लॉगर लिखा आ रहा है तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हमारा जो फेसबुक का जो प्रोफाइल है वो हमारे एक पेज में कन्वर्ट हो गई है सो तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोफाइल को फे फेस इंस्टाग्राम की वो प्रोफेशनल पेज में कन्वर्ट कर सकते हो तो सही गाइज़ आपको दिख रहा होगा कि मेरे आ, अब इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऊपर ब्लॉगर लिखा रहा है तो ये है अब एक पेज में कन्वर्ट हो चुका है हमारा अकाउंट तो गाइज इसी तरीके से आप भी अपने अकाउंट को आ, एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं सो so गाइस इस तरीके से आप भी अपने आ, इंस्टाग्राम पर आ, एक प्रोफेशनल पेज बना सकते हैं और उस पर आपको मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ क्या चीज़ करते हो और आप किसी भी चीज़ की वहाँ पे अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हो तो आप ऐसे इस तरीके से अपना एक प्रोफेशनल पेज बना लोगे। गए सो गाई आई होप आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी किसी भी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे तो गाई चलिए मिलता है अगले वीडियो में तब तक जय हिंद वंदे मातरम